कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है इन सब से जितना आप दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्र कोई और नहीं हो सकता